मनोज एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे वो बहुत ही लगन और मेहनत से काम करते थे मनोज की एक पत्नी भी थी, जिसका नाम उर्मिला उसे अपने पलकों पे बिठा कर रखती थी एक दिन मनोज जब अपने ऑफिस से रिटर्न आ रहा था तभी एक गाड़ी वाला मनोज को टक्कर मार के भाग जाता है बेचारा मनोज रोड पे पड़ा रहता है तभी वहाँ से एक एम्बुलेंस आता है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है हॉस्पिटल में पता चलता है कि मनोज का एक पैर जो है डैमेज हो चुका है बेचारा मनोज अब अप, अपने ऑफिस भी नहीं जा पाता है धीरे धीरे उसके घर की राशन पताई सब खत्म होते जाते हैं बेचारी अब को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था की अब कैसे घर का खर्चा चलेगा तभी मनोज बोलता है उर्मिला अब मैं क्या करूं यार मेरे रहते हुए तुम भूखे रह रही हो आजकल मैं कैसे करूं मैं क्या करूं यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ओ जी आप चिंता मत कीजिए भगवान जिंदगी में सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं जैसे हम लोगों ने सुख को काटा वैसे दुख भी काट लेंगे अरे नहीं उर्मिला जब तक मेरा पैर ठीक नहीं होगा तब तक मैं ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगा और ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे नहीं मिलेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा वो जी आप चिंता मत कीजिए मैं अपने लिए कोई छोटी सी नौकरी ढूंढ लेती हूँ अरे उर्मिला तुम्हे तो पता ही है आजकल किसी को नौकरी कहाँ मिलती है और जो तुम्हे मिलेगी वो जी आप उसका चिंता क्यूँ करते हैं मैं जाके ट्राई तो कर सकती हूँ कहीं न कहीं मुझे काम जरूर मिल जाएगा और ये कहकर उर्मिला काम की तलाश में निकल पड़ती है उर्मिला काम की तलाश में एक ऑफिस में जाती है और वहाँ जाने के बाद आपने तो काफी अच्छी पढ़ाई की है और आपका मार्कशीट भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें नंबर बहुत ज्यादा ज्यादा हैं। ठीक है कोई बात नहीं मैं आपको आज से पियून का नौकरी पे रखता हूँ कुछ नहीं करना है सिंपल सा फाइल मेरा इधर से उधर करना है थैंक यू सर मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी और आपने मेरी फरियाद सुन ली आप तो भगवान है सर और ये कहकर उर्मिला अपने घर आती है और अपने पति को सारी बात बताती है तभी उसका पति बोलता है देखिये उर्मिला मैं कह रहा था ना भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है जरूर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे जिससे घर का खर्चा चलता रहेगा और तब तक मेरे पैर भी ठीक हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर से काम पे लौट जाऊंगा ओ जी आप अभी रिलैक्स कीजिए मैं हूँ ना अभी सब कुछ संभाल लूंगी और इस तरह अगला दिन से उर्मिला जॉब पे जाने लगती है परंतु उसके बोस जो होते है वो उर्मिला की तरफ गंदी निगाहें रखते हैं एक दिन उसके बॉस उर्मिला उर्मिला, को अपने पास बुलाते हैं हैं, और बोलते हैं, उर्मिला, मैं क्या सोच रहा था कि दिल्ली में मैनेजर का पोस्ट खाली है तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ वो पोस्ट सर इसमें चाहने और ना चाहने की क्या बात है ऐसे भी किस मैनेजर का पोस्ट पसंद नहीं होगा आप मुझे सर दिलवा दीजिए हाँ लेकिन उसके बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए मैं फ्री में तो काम करूंगा नहीं जी सर मैं आपको सब चीज़ दूंगी बताइए क्या चाहिए आपको अरे उर्मिला वाह तुम तो बहुत तेज हो और ऐसे भी तुम्हारी जैसी लड़कियों को ही मैं ऐसी पोस्ट भी दिलवाता हूँ चलो ठीक है शाम को मेरे बेडरूम में आ जाना सिर्फ दो घंटे के लिए उतने में मैनेजर की पोस्ट तुम्हारी तय जब उर्मिला इस बात को सुनती है तो बोलती है सर ये क्या बोल रहे हैं आप मुझसे नहीं हो पाएगा ये और मैनेजर का पोस्ट रहने दीजिए मैं ऐसे ही काम कर लूँगी पीऊंगी अरे पागल समझा करो मैनेजर का पोस्ट है बहुत ही अच्छा पोस्ट है और दो घंटे में तुम्हारा क्या भी करने वाला है ऐसे भी तुम्हारा पति भी तो तुम्हारे साथ करता है और ऐसे भी दो घंटा में तुम्हारे साथ बिता लूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा नहीं सर मैंने आज तक अपने पति के अलावा किसी को भी अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं दिया है माफ़ करिए सर मुझे नहीं चाहिए मैनेजर की नौकरी और ये कहकर उर्मिला अपने घर आती है और अपने पति को सारी बात बताती है तभी उसका पति बोलता है हे भगवान ये कैसा नसीब है तुम चिंता मत करो उर्मिला मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी नौकरी की बात करता हूँ